मुझे नया जीवन सिर्फ गुज्जर सिंह का सर्वनाश करने के लिए मिला है और इस रास्ते पे सिर्फ तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो तुम ही वो दो हो जो एक औरत की कमजोर बाहों को मर्द की ताकत और बाजियों का सहारा दे सकते हो बस यही कुदरत है यही मां का वरदान बोलो करोगे ना मेरी मदद झूठ झूठ बोल रही बोलती है।, और जब इसका जाता है तो एक और झूठ बोलती है ये किशन ये तो एक नागिन है नागिन जो दिलों को डसती है होश उड़ा ले जाती है जहर फैला जाती है और फिर नए शिकार के तलाश में निकलती है किशन, इसकी हर, अदा है, हर बात झूठ है इसकी। किशन शंकर तू सच कहता था, था मेरे यार औरत बेवफा होती है बेवफा होती है औरत। किशन, मुझसे खेल रही थी। मेरे दिल से सिर्फ खेल रही थी तू किशन मेरे यार तू हमेशा चाहता था ना कि मैं से दूर हूं मुझे दूर ले चल मेरे यार मुझे से बहुत दूर ले चल, चल यार नहीं किशन नहीं ये इस बार झूठ नहीं कह रही क्या ये तू तो कह रहा शंकर मैं कह रहा ये पहली बार सच कह रही है किशन आज इसकी जुबान नहीं, इसका दिल बोल रहा है बहुत अत्याचार हुआ है ना तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है ना लेकिन एक बात कहूं ये संसार भगवान ने रचा है अगर वो एक रास्ता बंद कर देता है तो न जाने कितने रास्ते खोल देता है अगर कुछ पल के लिए अंधेरा कर देता है तो उम्मीद की रोशन किरणों से एक नए सवेरे का उजाला भी ले आता है उसने तुझे जो रास्ता दिया है उस रास्ते पर हम चलेंगे तुम्हारी मदद हम करेंगे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक हम पहुंचाएंगे रूपा ये तो क्या कह रहा है क्या कह रहा है तू तो शंकर तू भी इसकी बातों में आ गया अरे ये ढोंगी है ढोंगी झूठ बोलती है ये नहीं किशन ये सच कह रही है और हमारा कर्म यही बनता है कि हम इसकी मदद करें हमें इसके साथ जाना होगा क्या बकवास कर रहे तू मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगा कहीं नहीं जाऊंगा मैं इसके साथ अगर तू नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा एक ने पहचान लिया तो दूसरे को फांस लिया किशन क्या बक बकरा है तू जो औरत की हिफाजत करता है वो सिर्फ पति आशिक नहीं होता मर्द का एक और रूप भी होता है जिसे भाई कहते हैं आज से मैं तुम्हारा भाई हूं रूपा